अगर आप बुद्धिमान हैं तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए यहाँ पर आपको टी कॉफ़ी और मिल्क दिखाई दे रहा है इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना उत्तर बताइए आपके पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए तीस ऑप्शन बी अठारह ऑप्शन सी चौबीस या ऑप्शन डी चालीस निन्यानवे प्रतिशत लोगों ने